हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं प्रीति आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए करेला भरवा की रेसिपी आज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी कि कैसे करेला भरवा बनाया जाए कि वो खाने में बिल्कुल भी कड़वी ना हो तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए फटाफट पट इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं भरवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पास 500 ग्राम करेले लिया है तो करेले को मैंने सबसे पहले अच्छे से पानी से धो लिया है और अब हम सबसे पहले एक चाकू की मदद से इसके छिलके को इस तरह से निकाल लेंगे करेले का बाहर का ये जो भाग है ये खाने में बहुत ही ज़्यादा करवा लगता है तो इसे हमें निकाल लेना है और इस तरह से हम इसके दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे और देखिए इसी तरह से हम बाकी के भी करेले को छिल लेना है तो जितना हो सके उतना ऊपर के पार्ट्स को निकाल लेना है और चाकू की मदद से ये आसानी से निकल जाती है तो निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है मैंने ये बहुत ही छोटे साइज के करेले का इस्तेमाल किया है करेला पर बनाने के लिए आप चाहे तो इससे हल्का भरा भी करेला यूज कर सकते हैं इस जगह पर तो देखिए सभी करेलों को मैंने छिल लिया है और छिलकों को मैंने एक प्लेट में साइड रख लिया है तो सबसे पहले हम करेले को वॉश करेंगे तो वॉश करने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी ले लिया है और उससे मैंने अच्छे से धो लिया है अब हम एक करेला लेंगे और करेला को हमें बीज से चीरा लगा लेना है और चीरा लगा लेने के बाद हमें ये जो अंदर के बीज है उसे निकाल लेना है तो करेला ज़रा सा टाइट होता है इसके बीज भी हार्ड होते हैं तो इसे पहले चम्मच के ये साइड से इसे इस तरह से करें और फिर ये जो बीज है उसे निकाल लें तो सभी करेला को हम इसी तरह से निकाल लेंगे उनके बीजों को एक प्लेट में इसे हम स्टफिंग इस भरने के लिए बीज निकालकर इस तरह से सभी करेले को तैयार कर लेंगे तो बस हमें थोड़ा सा इस तरह से एक साइड से चीरा लगा लेना है और सभी बीजों को हमें निकाल लेना है तो आप चाहे तो इसे चम्मच की मदद से निकालें या इस तरह से आप फिंगर की मदद से भी बीजों को निकाल सकते हैं जो आपको आसानी हो उसी चीज़ का इस्तेमाल करें हाथों तो की मदद से ये आसानी से निकल जाती है तो देखिए सभी करेले को बीजों को मैंने निकाल लिया है और अब हम ये बीजों के जो है सभी पार्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे इसके जो बीज है ये इसे हमें निकाल कर हटा देना है हम इसका सॉफ्ट वाला पार्ट केवल इस्तेमाल करेंगे स्टफिंग इस के लिए इसे मैं निकाल कर एक प्लेट में साइड रख देती हूँ उसके बाद हम ये छिलके ले लेंगे और ये करेला ले लेंगे तो छिलकों में हम पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे और करेलों में भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे तो करेला में लगभग लग मैं एक चम्मच नमक डाली हूँ और अब हमें इन दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है तो करेलों को इस तरह से एक एक करके आप इसके अंदर तक नमक को इस तरह से फैलाते हुए इसे रगड़ ले और इसे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है जैसे जैसे करेला पानी रिलीज करेगा इसका करवाहट कम होते जाएगा तो दोनों को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है बीस मिनट होने के बाद हम ये जो करेला का छिलका है और ये जो करेला है दोनों को अच्छे से धो लेना है करेला स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में पानी डालकर एक स्टैंड रख दिया था और उसमें हम एक जाली वाला प्लेट में सभी करेले रखकर करेले को 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे अब हम करेले को चेक कर लेंगे तो देखिए करेला अब 70 टू 80 परसेंट तक कुक हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर बाद मैंने करेला फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है तो जब तेल थोड़ा सा गर्म होगा हम इसमें ये करेले ऐड कर देंगे तो सभी करेले एक बार में ही फ्राई हो जाएंगे और करेलों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है क्योंकि हमने इसे सेवेंटी टू एटी परसेंट ही स्टीम किया है बाकी का टेन टू फिफ्टीन परसेंट हमें तेल में पकाना है करेलों को तो लगातार नहीं चलाना है हमें बस थोड़ा थोड़ा देर में इसे इस तरह से पलटते रहना है और करेले को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है करेले को आप जितने अच्छे से फ्राई करेंगे उसकी करवाहट उतनी कम होती चली जाएगी तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि मैंने करेले को दोनों साइड से उलटते पुलटते काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लिया है तो अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से हम इसका सारा एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे सभी करेला निकालने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग तैयार करेंगे तो तेल यहाँ थोड़ा ज़्यादा है तो सबसे पहले हम तेल को निकाल लेंगे हमें तो थोड़ा सा तेल चाहिए स्टफिंग के लिए अब हम इसमें एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें सौफ़ ऐड करेंगे तो आप इस जगह पर खड़ा सौफ़ के जगह पर सौफ़ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद हम एक चौथाई चम्मच पचफोरन डालेंगे और चुटकी भर हिंग डालेंगे जब थोड़ा सा खड़े मसाले पक जाएंगे तो हम इसमें दो चौप किया हुआ प्याज डालेंगे और उसी के साथ हम दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे करेला पहले से ही कड़वा होता है इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है बस हमने टेस्ट भर ही इसमें मिर्ची का इस्तेमाल किया है उससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है और अब हम इसमें ये छिलके ऐड करेंगे तो सभी छिलके तो नहीं आएँगे यूज़ में मैं इसमें लगभग तीन चम्मच छिलका ये डाल दे रही हूँ और इसे हमें तेल के साथ प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन निकल सके कुछ सेकंड बाद अब हम इसमें ये बीज का सॉफ्ट वाला पार्ट ऐड करेंगे तो हम पूरा नहीं थोड़ा ही साइस में यूज़ करेंगे और उसके बाद अब हमें इन सभी को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन हो वो हट सके और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे कुछ समय फ्राई करने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो नमक मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ बाकी हम स्टफिंग भरने से पहले यूज़ करेंगे नमक का आप चाहे तो एक ही बार में टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच और उसे मिला लेंगे और कुछ सेकंड के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भुनेंगे कुछ देर भुनने के बाद अब हम इसे बाकी के भी मसाले ऐड कर देंगे तो हम इसमें एक चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और बस चुटकी भर हमें इसमें मिर्ची पाउडर डालना है तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं दो चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे तो ये दो छोटा चम्मच है और अब हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इन मसालों को हमें कुछ सेकंड के लिए भूनना है तो अगर आपके पास सॉफ़ पाउडर हो तो आप इस समय सॉफ़ पाउडर का भी एक चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैंने खरा सॉफ़ पाउडर का इस्तेमाल किया है तो हमें इस समय नहीं डाल रही हूं और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हमें ढककर कर दो से तीन मिनट के लिए पका लेना है और मसालों को अच्छे से भून लेना है तो दो से तीन मिनट बाद आप देख सकते होंगे कि मसाले अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसमें दो उबले हुए आलू को जिसे मैंने मैस कर लिया है वो डाल देती हूँ और अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद हमें आलू के साथ इन सभी मसालों को कुछ सेकेंड के लिए भुनना है आलू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और करेले की करवाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है और अब हम इसमें एक चम्मच मैंगो पाउडर डाल देंगे मैंगो पाउडर डालने से थोड़ी सी खट्टापन आएगी उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा आएगा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसे हम मिलाकर भून लेंगे अच्छे से और अब हम इसमें आधा नींबू का रस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे हम करेला बनाए कि वो कड़वाना लगेगा खाने में स्टफिंग बन के रेडी हो चुका है तो आप हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे तो मैंने जिसमें करेला निकाला है उसी प्लेट में ये स्टफिंग भी निकाल लेती हूँ और अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो आप चाहे तो नमक को उस समय ही एक बार में अच्छे से डाल सकते हैं और अब हम ये थोड़ा थोड़ा स्टफिंग लेंगे और करेले के अंदर हमें इसे भरना है तो सभी करेलों के अंदर हम स्टफिंग को अच्छे से भर लेंगे आपने अगर कभी करेला में इस्टफिंग में आलू का इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार मेरे बताए हुए इस तरीके से बनाकर देखें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है तो देखिए सभी करेलों में मैंने इस्टफिंग भर के तैयार कर लिया है तो अब चलते हम इसे फ्राई करने के लिए फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसे हल्का गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ये करेले डालेंगे तो करेलों का स्टफिंग वाला पार्ट से हमें ऊपर ही रखना है जिधर से उसका खुला हुआ साइड है और सभी करेलों को हम इसमें एक ही बार में फ्राई कर लेना है अब देख सकते हैं सभी करेलों को मैंने डाल दिया है और कुछ सेकेंड हम इसे इसी तरह रहने देंगे और इसके साइड से हमें थोड़ा सा तेल डालना है ताकि इसके साइड भी अच्छे से पक सके और थोड़ी देर बाद हम इसे एक स्पून की मदद से पलट लेंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए फ्राई हो जाए तो हमें इस जगह पर इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप दो मिनट इसे पका लेंगे तो ये बिल्कुल पक रेडी हो जाती है क्योंकि हमने करेले को कितने जगह पर स्टीम किया है फिर उसे फ्राई किया है तो करेला बिल्कुल भी कच्चा नहीं है बस हमें पलट लेना है इसे एक फोक की मदद से और उसके बाद हमें दूसरे साइड से भी इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है तो देखिए करेले को मैंने पलट लिया है और दूसरे साइड से भी हम इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे कुछ सेकंड बाद हम इसे फिर से पलट लेंगे और आप देख सकते हैं क्या इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है और मैंने ये बहुत ही छोटे वाले करेले का इस्तेमाल किया है करेला भरवा बनाने के लिए तो ये उतनी ज़्यादा गर्वी तो पहले से ही नहीं होती है करेला भरवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैं आपको ये एक करेला दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें और एक बार आप भी करेले को इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करें ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है तो इसे आप रोटी या पराठे के साथ खाएँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय